देखिए जेल के अंदर उसका अपना कैंटीन भी होता है जहाँ से आप अपने ज़रूरत की चीज़ों को खरीद सकते हैं जैसे मान लीजिए किसी को एक्स्ट्रा खाना खरीदना है तो वो एक्स्ट्रा ले सकता है उसे लिखवाना पड़ेगा कि भाई जेलर साहब से कि भैया हमको इतना में पेट नहीं भर रहा हमको 12 गो रोटी दीजिए तो उसको दे देगा खाना एक्स्ट्रा दे सकता है आप चाहते हैं कि बाहर से मंगवा दे घर से खाना मंगा दे तो इसके लिए भी लिखवा के मंगाना पड़ेगा लेकिन ये क्या होता है कि आपको बार बार अलाउ नहीं किया जाएगा खाना आएगा तो वो भी चेक किया जाता है बार बार अलाउ नहीं करेगा हाँ लेकिन घर से जो मिलने उलने जाते हैं लोग अचार सलाद ओलाद का सामान दे देते हैं क्योंकि आपको जब चटनी आचारी ये सब वहाँ पे नहीं मिलता है वहाँ जब जाइएगा तो आपको बर्तन वर्तन तो खरीदना पड़ेगा प्लास्टिक के चम्मच वगैरह रहते हैं सब नहीं तो ऐसे दे देगा स्टील उटील का तो घोप घाप देगा सब अपने में सब वहाँ छाटले पहुंचता है सब वहाँ की कैंटीन से आप खरीद सकते हैं आपके पास पैसे रहने चाहिए और आपकी फैमिली से भी जो सामान आता है आप उस समान को रख सकते हैं